मिस्टर इंडियन हैकर अब नहीं रहे दोस्तों ये कैसे कैसे लोग थमने लगा कर इन्हें रोस्ट कर रहे हैं ये सब गलत है ऐसे मत करो गाइज दरअसल उनके ये नाक का ऑपरेशन हुआ था जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं खा नहीं सकता सिर्फ इसमें से पानी पी सकता हूं ऐसा कुछ नहीं है टाइटेनियम आर्मी है दोस्तों हम सब टाइटेनियम आर्मी के उन्हें कुछ नहीं हुआ ये गलत है